सन सीस्वी पॉम्पी में जिंदगी अचानक मौत में तब्दील हो गई आति पहाड़ आग उगलने लगा सिया धुआं चारों जाने फैल गया आबादी की अक्सरियत ख हरास का शिकार हो गई कुछ लोगों ने अपने आप को अपने घरों में बंद कर लिया वो ये उम्मीद रखते थे कि मुसीबत की ये घड़ी दिल टल जाएगी लेकिन वो भी बच ना सके और जहरीले धुएं के असरात की बदौलत मौत से हमकनार हो गई आपके सामने मंजर रखा इटली के शहर पॉम्पी की हॉल नाक तबाही का इस वीडियो के अगले हिस्से में आपको बताएंगे कि इस तबाही में उस वक्त कितने अफराध मौत का शिकार हुए जो आज तक किसी यूट्यूब वीडियो पर नहीं बताया गया इसलिए जरूरी है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा तो आइए चलते हैं वीडियो के असल हिस्से की जाने दोस्तों साने का रिकॉर्ड एक रोमन लिखारी प्लेनी रखा जो भाग निकलने में उस वक्त कामयाब हो गया था और एक महफूज मकाम पर खड़ा तमाम मनाजिर अपनी आंखों से देख रहा था इसका चचा प्लानी दी दीगर शहरियों के हमरा मौत से हमकनार हो चुका था आज लोग इस कस्बे का अख्ताम देख सकते हैं जिसको ग्राफ की मदद से बयान किया जाता है दोस्तों 18वीं सदी में पोम्पी की खुदाई का काम शुरू हुआ और इस खुदाई के नतीजे में रोम के इंकशाफर पर जाना जा सकता है ही की को को बाहर निकाला गया। तो माहिर आसारदीमा को वो दुकानें देखने को मिली जिनमें डबल रोटी मछली गोश्त दालें और दीगर शे खदनोश की बाकयात मौजूद थी इसके अलावा वो अवामी गुस्लखाने खेलों के मकाम और थिएटर वगैरह भी मंजरे दोस्तों खुदाई की बदौलत बरामद होने वाली से इसके कस्मों के मकीनों की शानदार तर्ज जिंदगी का अंदाजा लगाना मुश्किल ना था इनके मकान खाने के कमरों रिहायशी कमरों और सोने के कमरों पर मुश्तमिल थे पोम्पी में कस्बे की जिंदगी का मरकज फॉरम था इसमें अवामी इमारत इबादत थी और बादशाहों के मुजस्मे भी नस्ब थे कस्बे की सियासी जिंदगी के आसार भी मिले थे दीवारों पर सियासी नारे भी दर्ज थे दोस्तों पोम्पिंग के नजदीक ही एक और आबादी आतिश पहाड़ का शिकार बनी थी ये आबादी आतिश पहाड़ के लावे से तबाही से हमकनार ना हुई थी बल्कि खोलती हुई गीली मट्टी यानी कीचड़ से तबाही से हमकनार हुई थी जो मकानों पर बरसी। ये खोलते हुए लावे की नस्बत मकानात की तबाही का कम बायस साबित हुई इस मट्टी ने मकान को महफूज बना दिया था जो कि अब अपनी असली हालत में वापस लाए जा चुके हैं जो में 2000 वर्ष बर्स बेषतर गुजारी जाने वाली जिंदगी का नमूना पेश करते हैं दोस्तों आखिर में आपको बताएंगे पोम्पी कस्बे की आबादी 25,000 हजार नफूस पर मुश्तम थी जिनमें से एक अंदाजे के मुताबिक दो हजार मौत का शिकार हुए थे दोस्तों इसके अलावा और कितनी सैकड़ों ऐसी बस्तियां आबादियां थी जो कई हजार साल पहले कुदरती तबाही के दुनिया से हो जिन पर हम तहकी करके गाहे बे आपके सामने असल रास्ते रहेंगे। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए और इल्मी जारी की टीम को ज्यादा से ज्यादा लाइक्स देकर हमें शुक्रिया कहने का मौका दे अगली वीडियो के साथ इनशाला जल्द हाजिर होंगे तब तक के लिए अपने ख्याल रखेगा अल्लाह